रीवा में मिर्ची बाबा गौशालाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्थी निकालना चाहते थे लेकिन प्रदर्शन करने पहुंचे मिर्ची बाबा को पुलिस ने रोक लिया उनसे अर्थी छीन ली गई जिसके बाद मिर्ची बाबा ने जमकर विरोध किया और समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की लोकसभा में जीत को लेकर मिर्ची यज्ञ करने वाले मिर्ची बाबा फिर एक बार सुर्खियों में है। मिर्ची बाबा कभी मीडिया के सामने गौ संरक्षण को लेकर रोते नजर आए तो कहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधा ताजा मामले में मिर्ची बाबा गौशाला संरक्षण को लेकर रीवा पहुंचे जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अड़ती निकालनी चाहिए लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया जिससे वे काफी नाराज हुए और पैदल चलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया दरअसल महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा निरिवा पहुंच कर जिले की पांच गौशालाओं का निरीक्षण किया जहां उनको काफी अव्यवस्था मिली जिस पर मिर्ची बाबा भड़क गए और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए पुलिस ने रोका क्या पुलिस ने तो मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो ठीक तो नहीं था आर्थिक को इसलिए छीन लिया पुलिस संविधान की दृष्टि से काम कहाँ कर रही है शिवराज के इशारे पे काम कर रही है और शिवराज के इशारे पे काम किया जाता है जो भी सच समाज में लाना चाहता है उस पर झूठे केस ला दी दिए जाते हैं उसे डराया जाता है उसे धमकाया जाता है मेरा ये था कि छः महीना से रीवा ज़िले की किसी भी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है दूसरा वहां पानी की व्यवस्था नहीं घास की व्यवस्था नहीं गाय भूख से तड़प के मर रही एक गौशाला में दस गाय भूख से तड़प के मर गई प्रशासन उस पर सुनवाई नहीं करता है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी घोषणा करते हैं कि गायों को पैसा पहुंच रहा है तो इसके लिए रीवा जिले में, में मेरा भ्रमण था सारी गौशाला का भ्रमण किया है और गाय को प्राप्त अवस्था में घास पहुंचे। वर्तमान सरकार पचास रुपये रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके कागज़ रखती जो पूरी मीडिया देख रही है छः महीने से इन गौशालाओं में पैसा नहीं पहुंच रहा है ये पैसा पूरे भाजपा के पेट भरने में लगा भाजपा फार्म हाउस बना रही वहाँ जा कर के मीडिया देखे वर्तमान स्थिति गौशाला में देखे और फिर कहे कि गाय मर रही है या नहीं संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक